ये रेस्टोरेंट चंबा की प्रमुख चोटियाँ आप दो मिनट में कैसे रिवाइज कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं चंबा की सर्वोच्च चोटी पीर पंजाल जिसकी हाइट है पाँच मीटर बड़ा कांडा हाइट है पाँच हजार मीटर मणि महेश है 5,660 मीटर थामसर की हाइट है पाँच मीटर गौरी टिब्बा की हाइट है चार मीटर नारसिंग टिब्बा की हाइट है तीन मीटर अब इसको एक्रोनिम के रूप में आपने तुरंत याद करना है पीर पंजाल से मैंने पीर इसमें से लिया है बड़ा कांडा से जो है वो बड़ा ले लिया मणि महेश से मणि अलग शब्द ले लिया तामसर से धाम ले लिया गौरी टिब्बा से गौरी और नारसिंह टिब्बा से नार ले लिया हमारे पास जो एकरोनिम बनता है पीर बड़ा मणि धाम गौरी नार पीर बड़ा मणि धाम गौरी नार ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका हो गया अब अगर अपने हाइट याद रखने उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बन सकता है सी फाइव सी फाइव का मतलब है चंबा फाइव का मतलब फाइव पीर नौ बड़ा 860 मणि 660 और थाम 80 आपने याद रखना है जिससे का मतलब हुआ कि पीर पंजाल की हाइट पाँच है बड़ा की है 5,860 मीटर है मणि महेश की 5,660 मीटर है थामसर की पाँच मीटर है चार गौरी तीस का मतलब हो गया कि गौरी टिब्बा की हाइट चार है नाह टिब्बा की हाइट 3,730 हज़ार सात मीटर